बात करने की वसूलों की सभी करते हैं वोट लेने का यह नाटक है इसे खत्म करो ये जो आजादी है गुलामी से भी बदतर है ये जो चिंतन है घातक है इसे बंद करो कवि की आवाज बगावत पर उतर आई है दल के दल दल से हमें कोई सरोकार नहीं तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस मुल्क की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ कुर्सी तो कुर्सी है नजरों से उतर जाओगे मौत आनी है आएगी जिस दिन तुम्हारी मौत पहले बहुत पहले ही तुम मर जाओगे